भारत का कौन सा राज्य गरीबों का राज्य कहलाता है आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उड़ीसा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी बिहार आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है